तो हेलो एवरीबॉडी कैसे आप सब भाई और अच्छे योगे मैं केपी संत आप सभी का नई वीडियो में स्वागत करता हूं दोस्तों तो आज मैं आप सभी को दिखाने वाला हूं मोदी नगर साउथ के स्टेशन से लेकर मोदी नगर नॉर्थ का स्टेशन और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 और ऐसे ही वीडियोस के के चैनल पर देखते रहो पढ़ के लाता रहता है आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता है तो आज आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि बायोडेक्ट कितना मोदीनगर और मेरठ साउथ के स्टेशन तक कितना कंप्लीट हो चुका है वो आप सब इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा दोस्तों तो बने रहिए के संत के साथ में और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो के संत के चैनल पर पर डे संत लाता रहता दोस्तों तो देख सकते हो तो आगे जैसे जैसे हम चलते चले जाएंगे वैसे वैसे अभी मेरठ मेरठ नॉर्थ का स्टेशन आ जाएगा दोस्तों तो देख सकते हैं इतना बायोडक्ट ये क्लियर हो चुका है और इस पर पे अभी पैरा बॉल लगाए जा रहे हैं दोनों साइड में पैरा फिट जैसे जैसे ये लॉन्चर एक पिलर से दूसरे पिलर को ये जोड़ता हुआ जा रहा है बायोडक्ट को वैसे वैसे इस पर आपको बता दूँ कि पैरा फिटबॉल लगाने का काम चल रहा है दोस्तों तो देख सकते हो ये कुछ पिलर हैं अभी जो बचे हुए हैं बाकी जो दूसरा लॉन्चर आएगा उसमें आपको बता दूँ के छत्तीस प्लर हैं ये जोड़ने के लिए दोस्तों जो बायोडेक्ट जोड़ रहा है तो इधर से भी लॉन्चर लगा हुआ है और एक लॉन्चर उधर से भी लगा हुआ है तो आप लोगों को बहुत कुछ देखने मिले देखने के लिए मिलेगा आगे वीडियो में तो बने रहो और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो दोस्तों तो आज मैं आप लोगों को मोदीनगर नॉर्थ का स्टेशन भी दिखाऊंगा कि उस पर क्या क्या वर्क चल रहा है क्या क्या वर्क उस पर कितना कम्प्लीट हो चुका है वो सब वो आप लोगों को इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा मेरे प्यारे दोस्तों और मैं आप लोगों के बीच में लाता रहता हूं ऐसी इन्फॉर्मेशन तो आप बताना मुझे कि वीडियोज़ कैसे लगते हैं के के और जैसा कि आप लोगों को पता ही है दोस्तों जहाँ जहाँ पिलर कंप्लीट हो गए वहाँ तो लॉन्चर लगा दिया है बीच बीच में भी इसमें अभी पीयर कैप लगाए जा रहे हैं दोस्तों और देख सकते हो इसकी जो सेटिंग की जाती है जो नापतौली का काम है ये पियर कैप लग जाने के बाद में इस पर फिर सेटिंग की जाती है पियर कैप की फिर उसके बाद में कंप्लीट होता है तो वो वैसे वैसे आप जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाओगे वैसे वैसे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा तो बने रहिए आप लोग के के साथ में दोस्तों तो आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा क्या पियर कैप कैसे लगाए जाते हैं पिलर के ऊपर दोस्तों तो वो सब कुछ आप लोगों को इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा और जैसा कि आप लोगों ने पिछली वीडियो में नहीं देखा था तो आप लोग देख लेना तो आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा दोस्तों तो देख सकते हो ये आपको बता दूं कि जो इसकी डेडलाइन है पूरे कोरिडोर की एक किलोमीटर रूट की आपको बता दूं कि 17 किलोमीटर का जो पार्ट है प्रायोरिटी सेक्शन है वो साहिबाबाद से लेकर और दुहाई के बीच में अभी मार्च में ही इस पर रैपिड रेल चलानी स्टार्ट हो जाएगी इसका महूर्त हो जाएगा और अभी ट्रायल रन चलना इस्टार्ट हो चुका है तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ और इसका ऊपर का भी पार्ट दिखाने वाला हूँ कि ऊपर का बायोडेक्ट कैसे जोड़ा जाता है कैसे इस ट्रैक स्लैब डाले जाते हैं कैसे लाइन बिछाई जाती है वो सब कुछ मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं तो आपको नए साल पर सब कुछ देखने के लिए मिलेगा दोस्तों तो आप लोग ऐसे ही वीडियोस देखते रहो और नए साल के बाद मैं आप लोगों को ऊपर का बायोडेक्ट दिखाऊंगा कि इस पर किस तरीके से ट्रैक बिछाया जाता है किस तरीके से ट्रैक स्लेब बिछाए जाते हैं क्या क्या करना पड़ता है वो सब कुछ आप लोगों को मैं पहली तारीख से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 दोस्तों आप सभी ने क्या पीछे लॉन्चर लगा हुआ था उसका मुंह मोदीनगर साउथ के स्टेशन की साइड में था और उधर से भी अभी बायोडक्ट जोड़ता हुआ आ रहा है लॉन्चर तो दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे आने वाले टाइम में कुछ महीने के अंदर अंदर तो कुछ बायोडक्ट इतना क्लियर हो चुका है ये मोदीनगर नॉर्थ के स्टेशन से पहले का ये बायोडक्ट है जो जोड़ दिया जा चुका है और इस पर पैरा फिट लगाए जा रहे हैं दोस्तों और पैरा फिट लग जाने के बाद में फिर इस पर फिनिशिंग होगी फिनिशिंग हो जाने के बाद में फिर इस पर इलेक्ट्रिकसिटी के खम्भे लगाए जाएंगे और खम्भे लग जाने के बाद में उन पर ओवर हेड लगाया जाएगा फिर उसके बाद में ओवरहेड वायरिंग का काम किया जाएगा दोस्तों तो देख सकते हो कुछ प्लर ये कुछ बायोडक्ट इस लॉन्चर ने ये कनेक्ट कर चुका है तो अभी जल्दी हो जाएगा वो थर्टी फाइव प्लर्स हैं जो दोनों साइड में ही लॉन्चर लगा हुआ है इधर भी और उधर भी दोस्तों और कुछ प्लर ये बाकी बचे हुए हैं जो कि हम चल रहे हैं मोदीनगर नॉर्थ के स्टेशन के लिए वो भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए के संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना नीचे रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना तुरंत तो बेल आइकन बजा देना चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोस के, के चैनल पर देखते रहो पर डे संत लाता रहता है और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता है दोस्तों हर जगह की तो आने वाले वीडियोस में आप लोगों को मेरठ के अंदर के वीडियोस देखने के लिए मिलेंगे और इधर के देखने के लिए मिलेंगे सरायकाले खां के दोस्तों तो आने वाले वीडियोज़ में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा और नए साल से मैं आप लोगों को अपना फेस भी दिखाना स्टार्ट कर दूंगा दोस्तों तो बने रहो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत के चैनल पर दोस्तों तो मोदीनगर नॉर्थ के स्टेशन से तो पहले देख सकते ये पिलर कुछ बचे हुए हैं जो पियर कैप का काम चल रहा है तेज़ी के साथ में दोस्तों तेज़ी के साथ में अभी इस पर पीयर कैब लगाई जा रहे हैं इन पर पिलर पर पिलरों पे दोस्तों और आगे आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा मोदीनगर नॉर्थ का स्टेशन जो कि आरआरटीएस द्वारा बनाया जा रहा है दोस्तों तेजी के साथ में और आपको बता दें ये ब्यासी किलोमीटर का रूट है दोस्तों और इस पे 180 किलोमीटर की रफ्तार से इस पे रैपिड रेल दौड़ेगी और जब दौड़ेगी तब देखना भाई साहब कनेक्टिविटी कितनी फास्ट हो जाती है हमारे मेरठ की और गाज़ियाबाद दिल्ली की दोस्तों तो देख सकते हो मेरठ साउथ के स्टेशन पर तस्वीरें आप लोग देख सकते हो कि ये अभी दोनों साइड के बिंग्स को जोड़ दिया जा चुका है और इन पर अब गाटर लॉन्चिंग की जा रही है इस पर कौन लेवल के भी कौन कौन लेवल पे भी और प्लेटफॉर्म लेवल पे भी इन पर बस फ्लोरिंग किया जा रहा है गाटर लॉन्चिंग कर देने के बाद में दोस्तों देख सकते हो गाटर लॉन्चिंग कर दी गई है अब इन पर फ्लोरिंग फ्लोरिंग किया जाएगा तो फ्लोरिंग का ही काम चल रहा है अभी तो इधर अभी गाटर लॉन्चिंग की जाएगी तो इसमें अभी आपको बता दो कि ये जो बिंक्स हैं प्लेटफॉर्म लेवल की वो जोड़ी जा रही है और नीचे की भी इस पर बिंक्स जोड़े जा रहे हैं दोस्तों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 आता रहता रहता और आप लोगों को देता रहता है मेरे प्यारे दोस्तों तो देख सकते हो कुछ बायोडक्ट इतना क्लियर हो चुका है यहाँ पे और यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा ये मोदी नगर नॉर्थ का स्टेशन क्रॉस करने के बाद में ये नाला आ जाता है मोदी नगर का दोस्तों और उस पर देख सकते हो ये डबल पिलर बनाए गए हैं फिर उसके बीच में ये बीम रख और दोनों पिलर को जोड़ा जाता है साइडों से तो देख सकते हो पिछली वीडियो में जब मैंने आप लोगों को दिखाया था तब इस पर दो गाटर रख रखे गए थे जो कि स्टील के गाटर हैं और दो गाटर और रख दिए जा चुके हैं इस पर चार गाटर हो चुके हैं तो डबल लाइन हो गई आने और जाने के लिए देख सकते हो तस्वीरें देख सकते हैं ये नाले के ऊपर है दोस्तों तो इस वजह से थोड़ा ये कर्व ले लेता है लेफ़्ट में और फिर ये राइट में आ जाता है तो इस वजह से यहाँ पर ये स्टील के गाटर द्वारा इस पर गाटर लॉन्चिंग की गई है दोस्तों देख सकते हो अभी ये पिलर जोड़े जाएंगे दोनों और जो दूसरा लॉन्चर है वो यहाँ पर स्टैंड किया जा चुका है दोस्तों और देख सकते एक पिलर से दूसरे पिलर को ये जॉइंट भी कर रहा है तो तस्वीरें आप लोग देख सकते हो इन्होंने आपको बता दूँ दोस्तों के जो सेगमेंट है बायोडेक्ट का वो देख सकते हो उठा चुके हैं दो सेगमेंट उठा लिए तीन तीन सेगमेंट उठा लिए हैं चौथा ये उठाया जा रहा है मशीन द्वारा तस्वीरें आप लोग देख सकते हो दोस्तों तो आप लोग बताना कि के, के पी द्वारा वीडियो कैसा लगा आप सभी को अच्छा लगा हो फिर भी कमेंट करें ख़राब लगा हो फिर भी हमें कमेंट करा करो दोस्तों क्योंकि कमेंट करते हो तो मेरा हौसला बढ़ता है और काम करने का ज़्यादा मन करता है दोस्तों तो देख सकते हो अब दूसरा नाला यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर भी ये पीयर कैप का काम चल रहा है पीयर कैप बनाए जा रहे हैं और आगे ये आपको बता दूं तिकोना पियर कैप बनाया जाएगा इस जगह पे तो यहाँ पर भी थोड़ा सा कर्ब ले लेगा ले तो इस वजह से यहाँ पर ये तो कौन पीआर पीआर कैप बनाया जा रहा है सेटरिंग देखो लगी हुई है और इन पर काम चल रहा है तेज़ी के साथ में दोस्तों तो आप लोग बताना कि वीडियो कैसा लगा रहा ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए के संत को लाइक शेयर कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना नीचे रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना तुरंत बेलाइकन बजा देना चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो के के चैनल पर और कुछ बायोडेक्ट यहाँ से यहाँ तक ये क्लियर कर चुके हैं जो कि ये जा रहा है मेरठ के साउथ के स्टेशन की साइड में दोस्तों तो काफ़ी लंबा चौड़ा ये बायोडेक्ट क्लियर हो चुका है देख सकते हो इसके जो सेगमेंट है वो रखे हुए हैं यहाँ पे तो यहीं से ट्रको द्वारा आते हैं यार्ड से और फिर इसमें जोड़ा जाता है दोस्तों तो आप लोग बताना कि वीडियो कैसा लगा आप सभी को तो आप लोग इसे देख लो कि इस बायोडेक्ट को कितना जोड़ दिया जा चुका है वो आप लोग अपनी आँखों से देख सकते हो इस बायोडक्ट को तो जल्दी ही जोड़ी दिया जाएगा और इस पर जो पैराफिट बॉल का काम है वो किया जा रहा है अभी इस टाइम पे और इसको जैसे एक पिलर से दूसरे पिलर को कनेक्ट कर देते हैं फिर इस पर पैराफिट बॉल इस पर जोड़ने का काम किया जाता है दोस्तों तो ये जल्दी ही जुड़ के कम्प्लीट हो जाएगा मेरठ साउथ के स्टेशन तक दोस्तों तो कुछ पैच बचे हुए हैं इसमें मोदीनगर के बीच में ही जो पैच बचा हुआ है वो मोदीनगर के अंदर ही है बाकी तो ये जल्दी ही जुड़ जाएगा तो आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा आगे